दोस्तों वीडियो के अंत में आप प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा लास्ट वीडियो को जरूर देखना ये आप सभी के लिए दिवाली के लिए ऑफर लेकर आया है हैं छात्रा शिक्षक की क्लास बिल्कुल निशुल्क रहेगी वीडियो को लास्ट तक देखना छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना जी सर हम तैयार हैं छात्रा और शिक्षक की दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आज आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिसियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर आप सभी के लिए देखिए एक धमाका लेकर आए हैं दोस्तों दिवाली का साथ ही आप सभी के एक नए बेच लेकर आए हैं छात्रा व की साथ ही दिवाली का सीजन है दिवाली का आज लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आप सभी को एक सूचना लेकर आ रहा ठीक है हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि मैथ्स एजुकेशन पर चौबीस अक्टूबर से देखिए आज दिवाली का सीजन है तो आप सभी के लिए दिवाली के बाद आप सभी के लिए अपर लेकर आए हैं छात्रा अधीक्षक की क्लास दोस्तों हम आप सभी को छात्रा अधीक्षक की नए बेच के साथ क्लास प्रारंभ करेंगे एक नए समय पर रात आठ बजे और शाम पाँच बजे गणित की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और कंप्यूटर की क्लास बिल्कुल नए समय पर कराएंगे जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा नब्बे आने की संभावना है जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर जुड़ जाइएगा डेली क्लासेस रात आठ बजे और सुबह नौ बजे कराई जाएगी जो लोग हॉस्टल बढ़ाने की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है दोस्तों छात्रावश अधीक्षक की तैयारी कैसे करना है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में मैं आप सभी को बता चुका हूं और सिलेबस के साथ अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है अब जाके ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे तैयारी करना है ठीक है तो नए समय पर मैं क्लास प्रारंभ कर दिया गया है तो मैं यही सूचना देने के लिए एक वीडियो बनाया था अगर आपको अच्छा लगता है तो तैयारी कीजिएगा अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं हमारा काम है आप सभी को छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कराना ठीक है मुझे देखिए दो 5 साल का एक्सपीरियंस है छात्रावास अधीक्षक में देखिए व्यापम की बात कर रहा हूँ मैं तो पाँच साल का अनुभव लेकर मैं आया हूँ ठीक है अगर जो लोग छात्रावश अधिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं छात्रावश अधीक्षक की वैकेंसी कब आएगी ये तो आप सभी को पता नहीं है दोस्तों जब भी आएगी तो इससे पहले आप लोग तैयारी करके रख लीजिएगा मैं आप सभी को डेली क्लासेस करवाने वाला हूँ ठीक है छात्रावश अधीक्षक की बात करें हिंदी और अंग्रेजी की क्लास आप खुद से कर लीजिएगा दोस्तों मैं आप सभी को मैथ कंप्यूटर और भारत के सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान ये टॉपिक आप सभी को मैं करा दूंगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में आप दोस्तों छत्तीसगढ़ की क्लासेस तो हो चुकी है भारत का सामान्यजन क्लास कराएंगे ठीक है तो मैं आप सभी को समय बता दिया हूँ रात आठ बजे ये क्लासेस बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है ठीक है जैसे ही इसका क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूँगा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये आप सभी के लिए दिवाली के लिए एक आफा लेकर आते हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी निःशुल्क के साथ आप सभी को कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ठीक है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर दीजिएगा धन्यवाद